दोस्तों हम बात करेंगे कि आधार कार्ड कहाँ कहाँ आपका यूज किया जा रहा है वो आप खुद से चेक कर सकते हैं तो आइए हम गूगल क्रोम में आते हैं यहाँ पे लिखिएगा गए यू ठीक है दोस्तों इसके बाद डेस्कटॉप मोड कर दीजिए ठीक है दोस्तों अब नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर आइए आपको यहाँ पर मिलेगा आधार स्टोरी तो इस पर क्लिक कीजिए दोस्तों ठीक है आधार स्टोरी के बाद फिर इसको डिस्टअप मोड कर दीजिए दोस्तों ठीक है अब इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बारह नंबर का आधार कार्ड ठीक है दोस्तों तो मेरा जो आधार नंबर है मैं वो डाल रहा हूँ दोस्तों तो मैंने आधार नंबर डाल दिया इसके बाद एक कैप्चा फिल करना है तो जैसे जैसे कैप्चा वैसे वैसे डाल देना है ठीक है दोस्तों बारह जेड है तो बारह जेड छोटा जेड है तो छोटा जेड ठीक है दोस्तों इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देने का सेंड ओ टी तो अब ओटीपी टी आएगा हमारे मोबाइल नंबर पर तो ये दोस्तों ओ भी आ गया अड़सठ ठीक है दोस्तों बीस इस, इसको सबमिट कर देते हैं ठीक है दोस्तों इसको सबमिट कर देते हैं तो ये देखिए मेरा आधार कार्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है वो वो मालूम पड़ जाएगा आपको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है ये देखिए ये दीपक कुमार हमारे दो तीन जगह रन की कर रहा है आधार कार्ड एक ईपीएफ इंडिया में है और एक सिम कार्ड से ठीक है दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पे डेमोग्राफी टाइप आपको बताएगा यहाँ पे भी बताएगा डेमोग्राफी टाइप अपडेट तो हमारे दो जगह यूज किया जा रहा है मेरा आधार ठीक है दोस्तों तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों आपका छोटा भाई दीपक कुमार